छतरपुर में शिक्षक दिवस के मौके पर नियमितीकरण और मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों ने हड़ताल की और रैली निकालकर राज्यपाल और सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा वहीं अतिथि शिक्षकों ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है कहने को तो सरकार खुद को शिक्षकों का हितैषी बताती है कई बार आंदोलन और धरने के समय अतिथि शिक्षकों से वादे भी किए गए लेकिन अब तक वादों को पूरा नहीं किया गया जिससे अतिथि शिक्षकों में नाराजगी है और इसी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए बारीगढ़ में शिक्षक दिवस के दिन अतिथि शिक्षकों ने धरना दिया और रैली निकाली अतिथि शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ तहसीलदार को सीएम और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा अतिथि शिक्षकों ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया शिक्षकों की मांग है की उनको नियमित किया जाए इसके साथ ही वेतन वृद्धि भी की जाए अतिथि शिक्षक बारह से चौदह से सेवाएं दे रहे हैं उसके बाद भी हर वर्ष उन्हें निकाल दिया जाता है अतिथि शिक्षकों के माध्यम से प्रदेश में लगभग अधिकांश विद्यालय संचालित हो रहे हैं लेकिन सरकार अतिथि शिक्षकों के हित में ठोस कदम नहीं उठा रही है शिक्षकों की मांग है की जिस प्रकार गुरु को शासन ने नियमित किया उसी प्रकार व्यापम परीक्षा पास या विभागीय परीक्षा कराकर अतिथि शिक्षकों को भी नियमित किया जाए आज बारीगढ़ में मुझे अतिथि शिक्षकों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है जो उनके नियमितीकरण को लेकर उनके द्वारा तीन सूत्रिय मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया और है और माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ज्ञापन किया गया है क्योंकि चूंकि ये मांग जो है वो राज्य शासन से संबंधित है, तो इस जो ज्ञापन को उनकी ओर कह